अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचे मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने सिंधिया को दीमक के संज्ञा प्रदान करते हुए कहा कि वह दीमक की तरह कांग्रेस में काम करते थे जिससे लगातार पार्टी कमजोर हो रही थी अब वह चले गए हैं तो कांग्रेस आजाद हो गई है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है प्रदेश की जनता कर्ज में डूबती जा रही है मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शुक्रवार सुबह उमरिया पहुंचे जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा के कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है भाजपा सरकार के आने से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा में है वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विजन दो को लेकर बयान जारी करते हुए कहा की सिंधिया के कांग्रेस में रहने से पार्टी कमजोर हो रही थी वहीं सिंधिया दीमक की तरह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद कांग्रेस पार्टी आजाद हो गई है और सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है सवाल इस बात का है कि सिंधिया का तो फूबिया था जनता में और अपनी वो धन दौलत और पूरी परंपरा हिजाई देश की महाराजा की तरह व्यवहार करता था सिंधिया जाने से कांग्रेस आज़ाद हो गई ग्वालियर चंबल संभाग में और उनकी हैसियत क्या थी वो जनता ने उनको बता दी सिंधिया के जिसका जो पीए रहता था विधायक प्रतिनिधि सवा डेढ़ लाख मतदाताओं से लोकसभा में भी हार गए सत्तावन वर्ष से जब तक सिंधिया थे तब तक ग्वालियर नगर में हमारा कभी महापौर नहीं बना जब से नगर निगम नवीन बनी है मुरैना उस समय से मुरैना में महापौर कांग्रेस का नहीं बना और सिंधिया जाने से के जाने से जा, कार्यकर्ता जनाधार वाले हैं उनकी हिम्मत उनकी मेहनत खून पसीने से ग्वालियर चंबल संभाग में नगरी प्रशासन और पिछले उपचुनाव में भी भारी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली है सिंधिया जी जो थे वो कांग्रेस में जिस प्रकार दीमक होती ना दीमक घर में घुन लगाते हैं वो कांग्रेस पार्टी में घुन थी कांग्रेस पार्टी को ही समाप्त करने में खाने का करने का काम कर रहे थे